भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा भंते क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है ये सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई किसी जंगल में एक साधु रहता था कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते जो भी जाता उसे शांति मिलती एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है राजा ने कहा महात्मन यहां तो बहुत कष्ट होता होगा आप मेरे साथ चलिए महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं राजा ने बहुत आग्रह किया तो साधु ने कहा अच्छा चलो महल में गए एक सुंदर कमरे में ठहरे हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे अच्छा भोजन मिलने लगा तीन मास व्यतीत हो गए राजा उनकी पूजा करते रानी उनमें श्रद्धा रखती एक दिन रानी नहाने के लिए इसनानागार में गई नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई जो उसने उतारकर इसनानागार में रख दिया था हार वही पड़ा रहा रानी के पश्चात साधु इसनानागार में गया हार को देखा उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया और स्नानागार से निकल साधु महल के बाहर चला गया कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया दासी से बोली स्नानागार में हार उसे राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी उस साधु के पीछे जाओ उसे पकड़ कर ले आओ इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले जंगल में चल दिए दिन भर चलते रहे पांव थक गए भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल चोरी क्यों की उसी समय वापस चल पड़े आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे आवाज दी राजा जागे महात्मा ने उसके पास जाकर कहा राजन आपका यह हार है ले लो मैं यहाँ से उठाकर ले गया था मुझसे अपराध हुआ मैं क्षमा मांगने आया हूँ साधु ने से कहा, तो कहा राजपी हो गया जंगल में जाकर दस्त आए शरीर शुद्ध हो गया तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें